राधे राधे दोस्तों राधे कृष्ण रसोई में एक बार फिर से आपका तो हार्दिक स्वागत है तो फ्रेंड्स राधे कृष्ण रसोई में आज बनाने जा रही हूँ टेस्टी एंड स्पाइसी मशरूम की सब्जी तो चलिए बनाते हैं मशरूम की सब्जी फ्रेंड्स ये मेरी मशरूम है ये मटर है छिलके वाली मटर मैंने छिलके रखी हुई है फ्रेश मटर है ये थोड़ा सा पनीर जो मैं मैं सब्जी में यूज करूँगी ये मेरे मसाले हैं जिनमें ये लहसुन है अदरक है और लाल मिर्ची है धनिया और हल्दी में पीसी हुई यूज़ करूँगी इसको मैं सिलबट्टे पीसूँगी आप तो इसे मिक्सी में पीस सकते हैं तो फ्रेंड्स मैं अपनी मशरूम को मैंने दो तीन बार धो लिए हैं ये और हम इस तरह से इसे काटेंगे जो नीचे के जो इसका हिस्सा है इसको हम इस तरह कट कर देंगे और जो मेरी मशरूम है इसके हम इस तरह से टुकड़े कर लेंगे छोटी मशरूम हो तो उसके आप चार हिस्से कर सकते हैं और जो बड़ी हो उसकी थोड़ी ज़्यादा तो इस तरह से हम अपनी सारी मशरूम काट लेंगे तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम अपने पनीर को फ्राई करेंगे इसको फ्राई करेंगे तो फ्रेंड्स इसी तरह हम अपनी मशरूम को भी ये मैंने मशरूम काट के रखी हुई है इनको इनको भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स ये मेरा जीरा और तेज पत्ता ये मेरी दो प्याज जो मैंने बारीक काटी हुई है ये मेरे टमाटर ये दो से तीन टमाटर मैंने लिया है दो तीन ये हरी मिर्ची जो मैंने बारीक काटे हुए हैं और ये मसाला है इसमें अदरक लहसन और साबुत लाल मिर्ची मैंने पीस के रखी हुई है इसमें मैं डालूँगी ये एक से डेढ़ चम्मच पिसा हुआ धनिया और इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूँगी हल्दी जल्दी थोड़ी सी ज़्यादा और ये है नमक ये स्वादस वाले डालना चाहिए आपको तो फ्रेंड्स ये जो तेल जिसे मैंने पनीर और मशरूम फ्राई किए थे मेरा ये वही तेल है तो ये मैंने इतना तेल लिया हुआ है इसी को मैं यूज़ करूंगी इसमें डालूंगी मैं तेज़ पत्ता और इसमें डालूंगी मैं अपनी बारिश की प्याज देखिए हमारी जो प्याज है वो ड्राउन करेंगे हो गई है तब इसमें डालूंगी मैं ये बारी कटे हुए टमाटर और हरी मिर्ची तो साथ ही डालेंगे इसके अंदर मसाला और इसमें हम इसके साथ में डालेंगे मटर ताकि जो हमारा मसाला है और मटर अच्छी तरह से भून सके हमें इसमें साथ में डाल देंगे भूनेंगे तेल देखिए फ्रेंड्स हमारा मसाला और मटर अच्छी तरह से भूल चुके हैं बिल्कुल तेल अलग हो गया है तो भी ये देखिए खुशबू मशरूम बहुत अच्छी ला रही है इसके अंदर से देखिए मैंने अपनी मशरूम फ्राई करके रखे हुए हैं ये फ्राई करके हमने पनीर डाल दिया इसके अंदर तो फ्रेंड्स अब हमने इसको मिक्स कर लिया है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अंदाजे से पानी ताकि जो हमारी मशरूम है अच्छे तरह से पक सके और मटर भी पकड़े थोड़ी देर के लिए क्योंकि हमारी जो आधी मशरूम है वो पक चुकी है क्योंकि हमने इसको फ्राई कर लिया अच्छी तरह से तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी मटर मशरूम और पनीर की सब्ज़ी तो देखिए हमारी सब्जी बन चुकी है इसमें डालेंगे हम हरा धनिया जो कि मैंने धो के रखा हुआ है उसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला तो फ्रेंड्स हमारी सब्जी बन तैयार हो चुकी है देखिए अब करूंगी मैं गैस को बंद और करते हैं सर्व चलिए तो फ्रेंड्स तैयार है हमारी मटर मशरूम और पनीर की सब्जी देखिए बनाइए मेरी रेसिपी से मटर मशरूम पनीर की सब्जी और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताइए और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए तो मिलते हैं राधे कृष्णा की अगली रेसिपी में राधे राधे